तो स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमनदीप आपके लिए लेके लेकर राजस्थान का इतिहास पुरानी क्लास में हमने देखा था हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमने देखा था हम महाराणा प्रताप तक हमने पढ़ लिया था किस प्रकार जो वंशक्रम बढ़ रहा है आगे ठीक है और महाराणा प्रताप का जब हम पढ़ रहे थे हमने उसमें पढ़ा था कि हल्दी घाटी का युद्ध तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे देखिये हल्दी घाटी का जो युद्ध है हम सब जानते हैं आ, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व भी अकबर के द्वारा बहुत सारे शिष्टमंडल भेजे गए थे कल हम उसकी चर्चा कर रहे थे देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महाराणा प्रताप तो मैंने आपको क्लास में बताया था पिछली क्लास में बताया था कि उदय सिंह जो है उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है गिरवा की पहाड़ियों में और जयमल और पत्ता जो हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं और अकबर के द्वारा आगरी के किले के जो द्वार है उस पर पाषाण की मूर्तियाँ लगवाई जाती हैं मैंने आपको कल की क्लास में बताया था इसके बाद में जो अकबर और बीवाड़ के बीच में निरंतर क्या रहता है युद्ध रहता है और जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो हल्दी घाटी का एक युद्ध होता है इसमें इससे पहले मैं आपको बता रही हूं कौन कौन से शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे जाते हैं अकबर के द्वारा पहला शिष्टमंडल भेजा जाता है जलाल खा के नेतृत्व में भेजा जाता है जलाल खा के नेतृत्व में भेजा जाता है पंद्रह सौ बहत्तर में भेजा जाता है ठीक है देखिए हमसे क्रम भी पूछा जाता है किस क्रम में ये शिष्टमंडल आए थे तो हम शिष्टमंडल पढ़ रहे हैं ठीक है दूसरा जो नंबर का है शिष्टमंडल वो मानसिंह के नेतृत्व में आता है ठीक है मानसिंह ये कछवाहा शासक थे तीसरा जो शिष्टमंडल है वो जाता है भगवान दास देखिए भगवान दास को भगवान दास भी बोला जाता है ये भी कछवाहा के शासक थे कछवाहा वंशते थे चौथा जो शिष्टमंडल भेजा जाता है वो टोडरमल के टोडरमल जो है उनके नेतृत्व में भेजा जाता है इन चारों जो शिष्टमंडल जो भेजे जाते हैं इन सब के द्वारा ये कहा जाता है महाराणा प्रताप को कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप जो हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं पहले अकबर के पहले जो नेतृत्व में भेजते हैं जलाल खा के नेतृत्व में भी दूसरी बार भेजा जाता है तीसरी बार भेजा जाता है चौथी बार भेजा जाता है तो अब क्या होता है अकबर को महाराणा प्रताप के प्रति एक ऐसी मतलब रोष पैदा होता है अकबर को कि अब मुझे उसका एक उद्देश्य बन जाता है अकबर का कि अब मुझे महाराणा प्रताप को किसी ना किसी तरीके से चाहे कैसा भी साम दाम दंड भेद अपने अ, अकबर को सॉरी महाराणा प्रताप को अधीन लाना है ठीक है तो अब क्या होता है इसके फलस्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध होता है देखिए हल्दीघाटी का युद्ध जो होता है वो होता है इक्कीस जून पंद्रह सौ ये ये सारे आते हैं तिहत्तर में आते हैं देखिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सन वगैरह भी पूछ लिया जाता है कब आते हैं ये ठीक है ये दिसंबर में आता है अगर डीपली भी पूछ ले जाए ये नवंबर में आता है और यह जून में आता है और यह आता है यह नवंबर ठीक है तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ 21 जून पंद्रह देखिए 21 जून पंद्रह है वो गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग है देखिए पूछ लेते हैं एग्जाम में गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग 21 जून पंद्रह को यह युद्ध हुआ 18 जून पंद्रह को अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध हुआ ठीक है आशीर्वाद लाल महोदय हैं, उनके अनुसार भी है स्पेशली अगर पूछी जा, पूछा जाए तो आशीर्वाद महोदय ठीक है यह आ सकता है हमारे तो ध्यान रखिएगा 18 जून आ जाए या इक्कीस जून आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का युद्ध अब यहां पर क्या होता है तीन अप्रैल 1576 को जो मानसिंह है मानसिंह तीन अप्रैल को मानसिंह और आसफ खान मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए तीन अप्रैल 1576 को अजमेर होते हुए मांडलगढ़ पहुंचते हैं और वहां से चित्तौड़गढ़ दूर पर आक्रमण करते हैं हल्दीघाटी नामक स्थान पर अकबर की सेना और प्रताप की सेना का भिड़ंत होती है और युद्ध होता है ठीक है, है कुछ विद्वान मानते हैं 18 है कुछ विद्वान मानते हैं 21 जून है ठीक है तो हल्दीघाटी के युद्ध में क्या होता है एक युद्ध बड़ा फेमस है हल्दी घाटी युद्ध तो सब जानते हैं एक युद्ध होता है हाथी युद्ध हाथी युद्ध हाथी युद्ध आपको ध्यान रखना है इसमें हाथियों का युद्ध है इस पर ना तो गोली चली थी ऐसा माना जाता है ना कोई तोप खाने का तोप का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में ठीक है सिर्फ हाथियों द्वारा ही युद्ध लड़ा गया हाथी की जो सूंड है उस पर एक जहरीला खंजर लगा दिया जाता था उनकी जो पूछ पर क्या तलवारें बांध दी जाती थी ऐसा युद्ध में यूज युद किया जाता था हाथियों को दो हाथियों का नाम आता है लूणा और राम आपसे पूछा जा सकता है कि लूणा और राम प्रसाद क्या है कौन थे हाथी हैं, हैं सेनापति है, क्योंकि नाम इस प्रकार तो लूणा और राम प्रसाद के नाम है हाथियों के नाम है, है. खांडेराव भी हाथी के नाम है खांडेराव। मतलब इन्हें हाथी युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि हाथियों का इसमें हाथियों के द्वारा युद्ध लड़ा गया मतलब हाथियों ने क्या किया पूरी जो अकबर की सेना को जो उनके जो खंजर वगैरह लगे हुए थे सून के ऊपर जहरीले तो वो जब उनको इधर उधर वो घूमते हैं जिस प्रकार हाथियों को क्या प्रतिष्ठित भी किया मतलब उनको उनका प्रशिक्षण भी किया जाता था ठीक है तो इस प्रकार ध्यान रखेगा कि हाथी युद्ध होता है हल्दी युद्ध में जिसमें देखो ये हल्दी का युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध था इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि अकबर की जीत हुई कुछ बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय हुई तो महाराणा प्रताप की इस इसमें विजय ही हुई थी क्योंकि महाराणा प्रताप जो है इसमें झाला के द्वारा उनका झाला के द्वारा वो बाहर निकल आते हैं जब वो घायल होते हैं युद्ध में इस युद्ध में तो इसके बाद भी क्या होता है अकबर की जो सेना होती है वो गोगुंदा में ठहरी रहती है फिर भी महाराणा प्रताप को कुछ नहीं बिगाड़ सकती ठीक है तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी युद्ध में हाथी युद्ध भी आता है हल्दी घाटी का तो युद्ध तो बड़ी कॉमन है लेकिन हाथी युद्ध इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है? कौन से हाथी थे लूना और राम प्रसाद ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसमें अब यहां पर क्या होता है जो हल्दी घाटी युद्ध की घटना होती है महाराणा प्रताप जो है मानसिंह के हाथी आ, के जो मतलब हाथी को मारने की कोशिश करते हैं मानसिंह के हाथी के ऊपर जाके उनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मानसिंह बच जाता है और क्या होता है जो महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा आपने नाम सुना होगा चेतक चेतक से क्या टांग टूट जाती है ठीक है उसके टांग पर लग जाती है और वह घायल हो जाता है ठीक है इसी हालत में झाला जो है उस समय महाराणा प्रताप के पास पहुँचते हैं और उनका मुकुट धारण करते हैं और सेना का नेतृत्व करते हुए वीरपति को प्राप्त जब महाराणा प्रताप जो हैं काफ़ी दूर निकल जाते हैं रण क्षेत्र से तो वहाँ पर उनकी उनका जो घोड़ा है चेतक बलीचा नामक जगह है वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ध्यान रखिएगा कि जो चेतक है महाराणा प्रताप का है, घोड़ा है प्रिय घोड़ा है ठीक है और उसकी समाधि कहाँ पर है बलीचा में पूछा जाता है बलीचा बलीचा में किसकी समाधि है पूछा जाता है ये एग्जाम में बलीचा में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की क्या है समाधि तो ध्यान रखना आपको ये सारे महाराणा प्रताप के लिए जो शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजा गया था इस सीक्वेंस से हमें याद रखना है पहला है जलाल जलाल खां दूसरा है मानसिंह भगवान दास टोडरमल ठीक है ये सारे सीक्वेंस हमें याद रखने इसी सीक्वेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो ये हमें ध्यान होने चाहिए ठीक है एक आ, हम कुछ इसका ट्रिक भी देखते हैं जैसे करके जमा भट्टो नाम से जमा भट्टो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि ज से जला तो से एक तरह से ट्रिक है आप याद नहीं होता तो आप इस ट्रिक से याद रखते जमा भट्टो के नाम से आप याद रख सकते हैं ठीक है अब इस युद्ध में क्या है हल्दी का युद्ध जो होता है इस युद्ध में एक क्वेश्चन और आता है बनता हैल्दी घाटी का युद्ध जो है काफी महत्वपूर्ण युद्ध है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया हाथी युद्ध है इसमें ठीक है राम प्रसाद और लोणा क्या है दो हाथी हैं खांडेरा भी एक हाथी है ठीक है और इस युद्ध में एक हकीम खासूर का नाम आता है हकीम खासूर हकीम खासूर कौन थे ये प्रताप की सेना थी उसकी हरावल सेना जो थी प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था हरावल हरावल सेना अग्रिम भाग को कहा जाता है हरावल किसको कहा जाता है सेना के अग्रिम भाग को हरावल कहा जाता था और सेना के पश्च भाग को पीछे के भाग को चंदावल कहा जाता था मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया हो ठीक है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो एकमात्र एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति थे महाराणा प्रताप की के सेना में वो थे हाकिम खांसूर और उन्होंने हरावल सेना कौनसी हरावल अग्रिम सेना का क्या किया था नेतृत्व किया था तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया ये पठान थे ठीक है हाकिम खांसूर ठीक है तो इन्होंने नेतृत्व किया था ये हमें ध्यान रखना है ठीक है और 21 जून जो है गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग है और 18 जून आशीर्वाद महोदय के अकॉर्डिंग है और बहुत सारे इतिहासकार भी यही डेट हम मानते हैं ठीक है ये तो हो गया महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी का हल्दी घाटे का युद्ध जो है महाराणा प्रताप की जीत हुई थी इसमें और अकबर का अकबर की भी हार हुई थी कुछ लोग बोलते हैं अकबर की जीत भी हुई थी क्योंकि चित्तौड़गढ़ के जो किले पर अधिकार कर लिया गया था अब यहां पर क्या होता है इस युद्ध को हल्दीघाटी का जो युद्ध है इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा नाम दिए गए हैं वो भी आपसे एग्जाम में कूट के रूप में पूछे जाते हैं हल्दीघाटी के युद्ध के वो जो एक क्वेश्चन और आता है हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित कि ऐसा कौन सा इतिहासकार था ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने हल्दीघाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखा तो अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था बदायूनी क्या नाम है बदायूनी बदायूनी इसने हल्दीघाटी के युद्ध को आंखों देखा आँखों देखा वर्णन किया, ठीक गोगुंदा का युद्ध युद्ध युद्ध हल्दीघाटी के युद कहा था गोगुंदा का युद्ध युद युद युद। एक और है अबुलजल अबुलजल जो है इनका संबंध राजस्थान से नागौर जिले के थे राजस्थान के नागौर जिले के थे और अकबर के ये एक इतिहासकार थे अकबर के दरबार में रहा करते थे ठीक है इन्होंने घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा देखिए ये कोटेशन पूछा जाता है आपसे सवाल अबुलजल ने क्या कहा खमनौर का युद्ध और आंखों देखा वर्णन किसने किया बदायूनी ने और क्या कहा हल्दी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध ठीक है ध्यान रहेगा इसके अलावा एक और इतिहासकार है मैंने अभी आपको नाम भी बताया था आशीर्वाद महोदय उन्होंने इस युद्ध को बादशाह बाग बाद बाग का युद्ध कहा और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है और सबको पता भी होगा ये कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स जेम्स टोड ने से इस युद्ध को मेवाड का थर्मापोली कहा था क्या कहा था मेवाड़ का थर्मापोली का युद्ध कहा था ठीक है तो इस प्रकार हमसे ये इतिहासकारों के नाम भी पूछ सकते हैं कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा खमनोर का युद्ध किसने कहा एक बार ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया था कि अबुल फजल की असंगत कीजिए ऐसे करके आया था असंगत कीजिए कौन सा असंगत है ठीक है तो यहाँ पर अब चारों ऑप्शन में से इन्होंने इस ऑप्शन को गलत बना दिया होगा क्योंकि कर्नल जयफ चौड़ ने मेवा थर्मापोली तो कहा ही है ठीक है अब हमें ये सब हमें पता अगर होगा तो हम ऐसे असंगत का फूट वाला जो क्वेश्चन है हम उसको आराम से ठीक कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर कुछ और दे दिया होगा तो ये असंगत हो जाएगा इस तरीके से चार कोटेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन के एग्जाम में तो हमें ध्यान रखना है कि आंखों देखा हाल किसने कहा था बदाविनी ने खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने बादशाह बाग का युद्ध आशीर्वाद महोदय ने कहा था और कर्नल जेम्स ने जेम्स टॉर्ड ने इसको मेवाड़ का थर्मापोली कहा है ठीक है अब देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बाद में क्या होता है प्रताप जो है महाराणा प्रताप जो है वो अपने अभियान को जारी रखने की कोशिश करते हैं ठीक है ठीके? जो अकबर की सेना है वो गोगुंदा में टिकी रहती है वही नियर बाय जो गोगुंदा के पास में एक जगह है कुंभलगढ़ ठीक है वहां से अपने अभियान को ये जो महाराणा प्रताप है जारी रखते हैं धीरे धीरे प्रताप जो है अपनी सेना को संगठित करते हैं और अकबर की जो सेना है गोगुंदा से वहां से जो गोगुंदा में छिपी हुई थी वहां से जाने लगती है अब क्या होता है अकबर के द्वारा शाहबाज खान के नेतृत्व में तीन अभियान भेजे जाते हैं उन्हें अभियान भेजे जाते हैं और यह क्या करता है कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंबलगढ़ शाहबाज खान के द्वारा 1577 ठीक है फिर ये अठहत्तर में भी आता है ठीक है फिर महाराणा प्रताप के द्वारा कुंबलगढ़ के जो दुर्ग को जीत लिया जाता है वहां पे भान सोनग्रह जो है उसको किलेदार बना दिया जाता है किसको किलेदार बनाया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा भान सोनगरा को ठीक है किलेदार बनाया जाता है कुंभलगढ़ के जो दुर्ग पर पहले शाहबाज खान अटैक करता है आक्रमण करता है 1577 में फिर महाराणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ के जो दुर्ग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं फिर अठहत्तर में भी किया जाता है फिर न, उसमें सेवेंटी में भी किया जाता है और फिर लास्ट में 1580 में यह क्या होता है चला जाता है लौट जाता है कुंबलगढ़ के दौर को छोड़कर लौट जाता है ठीक है और यहां पर 1580 मई 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में पुनः कुलगढ़ का दुर्गो पर आक्रमण किया जाता है इसे कुंभलगढ़ के दुर्ग के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखना है कुंभलगढ़ का युद्ध देखो हल्दीघाटी का युद्ध ऐसे बहुत सारे युद्ध आते हैं जो हमें ज्यादा ध्यान नहीं रहते हैं जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हमें ध्यान रहेगा जैसे खतोली का युद्ध है काफी फेमस युद्ध है महत्वपूर्ण युद्ध भी है वो तो हमें याद रहते हैं लेकिन ऐसे युद्ध को कई बार एग्जामिल पूछ लेता है कि जो हमें लगता ही नहीं कि मतलब इस तरीके के चीजें पूछता है कि जो जो बच्चों को नहीं आती है स्टूडेंट को नहीं आती होगी तो ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ पर जब अधिकार किया था शाहबाज खा, खाने और उसे कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इस तरीके से अब्दुल रहीम खाने खाना जो था इसका भी मुकाबला होता है जो महाराणा प्रताप है जो उनके पुत्र है अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के साथ ठीक है अमर सिंह के साथ महाराणा प्रताप के पुत्र हैं तो क्या होता है कि अमर सिंह के नेतृत्व में अब्दुल रहीम खान खाना के साथ युद्ध किया जाता है तो इस युद्ध में अब्दुल रहीम खान खाना की हार हो जाती है और ये भी यहाँ से लौट जाता है कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो स्त्रियां थी वहां पर जो औरतें थी उनको अमर सिंह द्वारा कैद कर लिया जाता है किंतु महाराणा प्रताप के कहने पर उन्हें उन्हें छोड़ दिया जाता है ऐसा माना जाता है तो इससे अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप के प्रति मतलब उसका हृदय काफी काफी द्रवित रहता है है है है मतलब उसको प्रशंसित करता महाराणा प्रताप को ठीक तो से लौट जाता 1580 में एक और युद्ध होता है पंद्रह में वो भी काफी महत्वपूर्ण युद्ध है देखिए यहां पर निरंतर निरंतर अकबर के द्वारा अभियान भेजे जा रहे हैं ठीक है देखो ये बात आती है कि शिष्टमंडल तो मैंने आपको बता दिया कि शिष्टमंडल कौन कौन से आए थे पहला जलाल खान जलाल खां था फिर दूसरा आया था मान तीसरा भगवान था चौथा कौन था टोटलमल था ठीक है टोटलमल के नेतृत्व में आया था यह भी पूछा जाता है कि सैन्य सैन्य अभियान सबसे पहले किसके किसके नेतृत्व में भेजा था सैन्य अभियान पहले नेतृत्व में तो भेजा था हल्दी घाटी युद्ध हुआ था वो तो हम जानते हैं मानसिंह और आसिफ खान के नेतृत्व में हुआ था हल्दी का युद्ध हुआ था ठीक है और एक और जो अभियान हमने देख अभी अभी पढ़ा शाहबाज खान का जो है इसको भी पूछ लिया जाता है कि तीन अभियान भेजे थे शाहबाज खान के नेतृत्व में और आखिरी एक अभियान था अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भी, भी भेजा तो आपके कोर्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से सेनापति थे क्या हल्दी के युद्ध में या मेवाड़ के युद्ध में ये आ, ये सब युद्ध से ये संबंधित हैं या नहीं तो अब्दुल रहीम खान का नाम आ गया तो ये मेवाड़ के युद्ध से संबंधित था मतलब मेवाड़ से संबंधित है महाराणा प्रताप के समय में ये यहाँ पर कुंभलगढ़ के दूर पर अधिकार करने आए थे और कुंभलगढ़ का जो युद्ध भी होता है शाहबाज खां का जो के नेतृत्व में होता है तो ये सब इस तरीके से हमें इन नामों को ध्यान रखना है शाहबाज खां का नाम हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके समय में तीन अभियान आए थे पंद्रह सौ सतहत्तर है ना तो इस तरीके से आते हैं में जो आता है आ, उसका अभियान आता है अब्दुल रहीम खान का आता है इसके बाद में एक और इनका आता है जगन्नाथ कछवाहा नेतृत्व में भी अंतिम अभियान आता है ठीक है इससे पहले, पहले इस अभियान से 1582 1582 में, में दिवेर नामक स्थान दिवेर का युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध का नेतृत्व भी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वारा किया जाता है दिवेर नामक जगह पर यह कुंबलगढ़ के आस ही है ये जगह यहाँ पर अकबर का जो चाचा है काका है सुरेमा सुल्तान उसका नाम है सुरेमा सुल्तान सुरेमा सुल्तान को अमर सिंह अमर सिंह के द्वारा पराजित किया जाता है अमर सिंह के द्वारा पराजित किया गया जाता है देखिए इस युद्ध में एक ऐसी घटना होती है कि अमर सिंह जो है अपना एक भाला लेते हैं जो सुरेमा सुल्तान ने जो टॉप पहना होता है लोहे का उसको चीरता हुआ भाला उसके शरीर से होता हुआ जो घोड़े के शरीर तक पहुंच जाता है ऐसा दृश्य देखकर जो मुगल सेना है अचंभित हो जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है और जो महारणा प्रताप है उनकी प्रतिष्ठा होती है यहाँ पर ठीक है देखिए एक लोहे का टॉप पहना हुआ है उस उनके शरीर से जाते देखो बैठे होंगे जो सुरेमा सुल्तान है ऊपर घोड़े पर बैठा होगा फिर टोप से लेकर और उनके शरीर तक गया फिर घोड़े पर गया और वो फिर देखकर जो मुगल सेना डर जाती, से जाती है और वहां से भाग जाती है और महाराणा प्रताप की क्या होती है यहाँ पे प्रतिष्ठा होती है उसका मतलब जो उनकी कीर्ति है चारों तरफ फैल जाती है और अकबर क्या हो जाता है इसमें एक तरह से अपने आप को लाचार महसूस करता है यहां पे इसके बाद अंतिम एक अभियान होता है 1585 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में ये अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवाहा अंतिम अभियान तो ध्यान रखना है कि जो अंतिम अभियान जो है वो किसके नेतृत्व में होता है जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में होता है 1585 सौ में ठीक है इसके बाद में पंद्रह के बाद में मेवाड़ के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं होता है ठीक है पंद्रह तक यह अभियान चलता है और पंद्रह में महाराणा प्रताप द्वारा चावंड एक जगह है चावंड उसे अपनी नई राजधानी बनाया जाता है चावंड को राजधानी कब बनाया पंद्रह दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है कहा जाता है कि चावंड जो है एक लूणा चावंडिया लूणा चावंडिया एक राठौड़ वंश का दुर्बल शासक था उससे छीनकर चावंड को राजधानी बनाया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा ठीक है और ये इनकी मृत्यु पंद्रह सो सत्तानवे तक इनकी मृत्यु दं चावंड ही इनकी क्या रही थी राजधानी रही ठीक है तो महाराणा प्रताप एक व्यवस्था व्यवस्था तो महाराणा प्रताप एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ चावंड को राजधानी बनाने के बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा यहाँ से यहाँ इस जगह पर सुख शांति से अपना जो समय व्यतीत किया गया ठीक है चावंड नामक स्थान पर सोलह तक ये राजधानी रहती है अमर सिंह के बाद तक भी ठीक है कि अमर सिंह तक ये जो राजधानी रहती है पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में कि चावंड राजधानी कब बनाई गई थी तो 1585 में बनाई गई थी कब तक राजधानी रही थी 1615 सो तक जो है ये राजधानी रहती है चावंड ठीक है चावंड में जो 1585 को ये राजधानी बनाई गई थी इसे संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है संकटकालीन इसे क्या कहा जाता है संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है यहाँ पर रह के मेवाड़ में एक शैली का जन्म होता है मेवाड़ में एक चावंड शैली का जन्म भी होता है जब महाराणा प्रताप यहाँ थे तो चावंड नामक जगह से मेवाड़ जो चित्रकला की जो शैली है चित्रकला इसे चावंड शैली बोला जाता है इसका जन्म होता है ठीक है मारणा प्रताप के द्वारा यहीं पर हरिहर मंदिर बनाया जाता है हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और इन्हीं के द्वारा राज्य राज्यभिषेक विश्ववल्लभ विश्ववल्लभ ग्रंथों की रचना की जाती है महाराणा प्रताप के अधीन इन ग्रंथों की रचना की जाती है यहीं पर चावंड में ही जो इनके दरबारी कवियों द्वारा ठीक है दुर्सा हाडा, दुर्सा हाड़ा हाड़ा दुर्सा हाड़ा दुर्सा हाड़ा के द्वारा विरुद्ध छेहतरी महाराणा प्रताप की प्रशंसा की गई है विरुद्ध छेहतरी नामक ग्रंथ की रचना की जाती है यहीं पर हेमरत्न हेमरत्न सूरी के द्वारा गोराबादल गोराबादल चौपाई बादल री चौपाई ध्यान रखिएगा गोरा बादल री चौपाई नामक एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है गोरा बादल री चौपाई ये लिखी गई थी देखिए ये समय जो गोरा बादल है आपको मैंने बताया था रत्न सिंह के दो सेनापति थे ठीक है रत्न सिंह के के दो सेनापति थे लेकिन ये लिखी ये लिखी लिखी कब गई गई प्रताप के समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरा बादल चौपाई जो है वो हेमरत्न सूरी द्वारा लिखी गई थी प्रताप के समय में ठीक है और कौन थे गोरा और बादल कौन थे, कौन थे ये रत्न सिंह जो थे अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है चित्तौड़ पर 1303 में तो गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं ठीक है और दो सेनापति थे रत्न सिंह के तो ध्यान कि हेमरत्न सूरी ने महाराणा प्रताप के समय में इस ग्रंथ की रचना की थी और दुर्सा आडा ने विरुद्ध छिहतरी में महाराणा प्रताप की प्रशंसा की है इसमें ठीक है तो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ है और देखिए इन ग्रंथों की रचना भी महाराणा प्रताप के समय हुई नहीं हुई थी विश्ववल्लभ राज्य अभिषेक तो इस तरीके के ग्रंथ पर हमें ध्यान रखेगा और चावंड शैली जो चावंड शैली जो है चित्रकला की जो शैली है इसका भी इसमें आरंभ हुआ था मेवाड जब महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी चावंड थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये दुर्जा हड़ा की जो ये किताब है ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है सब बुक्स के हमें याद नाम याद रख रहे हैं देखिए महाराणा प्रताप से संबंधित एग्जाम में बहुत बार और एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक तो पूछे ही जाते हैं जैसे हम मैंने आपको बताया था कुंभा है कुंभा का सांस्कृतिक योगदान बहुत ज़्यादा है तो उनकी जो किताबें जो लिखी गई उनके विषय में पूछ सकते हैं इसके बाद भी अगर चांसेस बनते तो महाराणा प्रताप से जो क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा ज्यादा चांसेस बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसी जगह पर रहते रहते पंद्रह में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है पूछा भी जाता है इनका सन भी पूछा जाता है 19 जनवरी पंद्रह में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भी पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ, तो हुआ था ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था नौ मई पंद्रह में इनका जन्म हुआ था ठीक है ध्यान रखिएगा और सत्यानवे को इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा आप ये सब चीजें ये पूछते हैं एग्जाम में देखिए ऐसा माना जाता है कि जो महाराणा प्रताप है एक दिन जो धनुष की प्रत्यक्षा है जो धनु को खींचते हैं उससे उनके शरीर पे को घाव हो गया था उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए और उनकी वही पर मृत्यु हो गई थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा हरिहर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था ठीक है तो ध्यान रखिएगा अब महाराणा प्रताप के बाद में जो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अमर सिंह बनते हैं अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब महाराणा प्रताप जब संकट के समय में थे तो उनकी सेना के पास में कुछ खाने को नहीं था तो एक भामाशाह का नाम याद आता आपको ध्यान रखना है भामाशाह भामाशाह देखिए भामाशाह नाम से काफी योजनाएं भी चल रही है भामाशाह योजना ठीक है भामाशाह राजस्थान का दानवीर कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है इसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक हमीर देव को भी कहा जाता है हमीर को भी कहा जाता है राणा हमीर को भी ठीक है राणा हमीर जिसने राणा शाखा का ठीक है सिसोदिया वंश की स्थापना की थी उनको तो भामाशाह हैं ऐसा माना जाता है भामाशाह और उनके एक आ, भाई है ताराचंद क्या नाम होगा ताराचंद देखिये भामाशाह का नाम तो सबको याद होगा लेकिन इनके भाई हैं ताराचंद भाई हैं इनके भामाशा के इनके द्वारा भी दोनों के द्वारा क्या किया था सम्मिलित रूप से महाराणा प्रताप की सहायता की गई थी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ठीक है तो महाराणा प्रताप की सहायता इन्होंने क्या दिया था 25 25 लाख रुपए इन्होंने दिए थे और 20 हजार अशरफिया सोने की सोने की अशरफिया दान देकर महाराणा प्रताप की सहायता की गई थी तो भामाशाह का नाम याद रखिएगा ताराचंद उनके भाई थे उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा भामाशाह का नाम हम ध्यान रखते हैं लेकिन ताराचंद को भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा 25 लाख रुपए दिए थे और बीस हजार अशरफियाँ दिए थी जिसका इस्तेमाल करके महाराणा प्रताप के द्वारा बारह वर्ष तक अपनी सेना को अप जो है सेना की जो रसद सामग्री है जो भी उसकी पूर्ति की गई थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा इनका इनकी मृत्यु हुई थी और बाडोली नामक जो जगह है बाडोली में बाडोली में महाराणा प्रताप का स्मारक है मैंने आपको बलीचा बताया था बलीचा में किसका स्मारक है बलीचा में स्मारक है महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक का ठीक है ध्यान रखिएगा तो बाडोली में किसका स्मारक है मार्डोली में स्मारक है महारणा प्रताप का स्मारक है तो इस प्रकार एक महान योद्धा व्यवस्थापक और, और एक राजनीतिक जो है एक स्वाभिमानी जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद में जो नेक्स्ट जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले जो दावेदार होते हैं वो है अमर सिंह ठीक है अमर सिंह ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारे शासक है वो है अमर सिंह अमर सिंह प्रथम ठीक है ये पंद्रह सो सत्तानवे से सोलह सो बीस तक ठीक है अमर सिंह जो है देखो अमर सिंह के समय में भी जो मुगल आक्रमण वगैरह हो रहे थे लेकिन इन्होंने क्या किया था हरी झाला हरी झाला के नेतृत्व में एक अलग विभाग का सैन्य विभाग जो बना दिया था सैन्य विभाग बनाया था हरी झाला के नेतृत्व में सैन्य विभाग बना दिया था एक अलग से ही मतलब इसके लिए अगर कोई भी आक्रमण होता है तो हरी झाला है जो उनको सेनापति बना दिया गया था तो ये मतलब उनका नेतृत्व करेंगे उनको अलग से ही एक तरह से विभाग बना दिया गया था ठीक है अब अमर सिंह के समय में यहाँ पर देखिए अकबर के द्वारा 1599 में अकबर का पुत्र है जहांगीर इसको सलीम भी बोला जाता है मेवाड़ के विरुद्ध मतलब मेवाड़ के विरुद्ध एक अभियान भेजा जाता है सैन्य अभियान भेजा जाता है लेकिन जो सलीम है वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इस जो आक्रमण पर इसके बाद 1602 में भी किया जाता है 1603 सो में भी किया जाता है 5 में भी किया जाता है ये अभियान मतलब असफल ही रहते हैं क्योंकि सलीम जो है इस पर रुचि नहीं लेता है जहांगीर की रुचि नहीं होती ठीक है सोलह सो में जब इनकी मृत्यु हो जाती है अकबर की इसके बाद एक मेवाड़ और मुगल की संधि होती है मेवाड़ मुगल संधि 1615 में होती है ठीक है 1615 में ये संधि होती है इसमें क्या होता है कि इस समय जो मेवाड़ है काफी युद्ध झेल करते करते उनकी स्थिति काफी खराब रहती है तो मेवाड़ के जितने भी सामंत हैं जो अमर सिंह को एक सलाह देते हैं कि हमें युद्ध नहीं जारी करना चाहिए हमें संधि कर लेनी चाहिए तो ना चाहते हुए भी जो अमर सिंह है वो क्या करते हैं संधि कर लेते हैं ठीक है इस संधि के अंतर्गत जो अः इस संधि में क्या होता है कि जो जहांगीर का पुत्र है खुर्रम खुर्रम जो है जो आगे चल के जिसे शाहजा बोला जाता है शाहजा ठीक है इनके नेतृत्व में जो पहले आक्रमण होता है ठीक है मेवाड़ पर लेकिन बाद में सोलह में अंततः इनकी संधि हो जाती है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि जब मेवाड़ मुगल की संधि होती तो खुर्रम होता है आक्रमण खुर्रम के द्वारा किया जाता है ठीक है और मुगल की तरफ से मुगल की तरफ से जो थे श्रीजी हरीजी और सुंदरदास हस्ताक्षर करते हैं जो संधि होती है और मेवाड़ की तरफ से हरी झाला और शुभकरण पेपर में पूछा जाता है हस्ताक्षर कौन करता तो ध्यान रखिएगा मुगल की तरफ से ये थे और मेवाड़ की तरफ से यह दौड़ा थे ठीक है और खुर्रम जो होता है ये इनका मतलब नेतृत्व करता है सेना का ठीक है तो ध्यान रखेगा न चाहते हुए भी अमर सिंह को ये संधि करनी पड़ती है इस संधि में क्या प्रावधान होते हैं कि जो राणा है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करेगा दुर्ग की मरम्मत नहीं करेगा नहीं करेगा ठीक है और जो मुगल सेना को अपने मेवाड़ में रखा जाएगा मेवाड़ को मेवाड़ में मुगल सेना रहेगी ठीक है और महाराणा को अमर सिंह जो है महाराणा है उनको बाध्य नहीं किया जाएगा विवाह संबंध के लिए मुगल जो संबंध वैवाहिक संबंध होते हैं देखिए हम बाद में चर्चा करेंगे कि जो पहला मुगल मुगलों के साथ विवाह करने वाला जो राज्य था वो कछुआहा वंश है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो इनको बाध्य नहीं किया जाएगा तीसरा है इनको बाध्य नहीं होंगे विवाह के लिए विवाह संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे जो अमर सिंह हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जो आ, अमर सिंह के जो पुत्र हैं करण सिंह उनको मुगल सेवा में या मुगल दरबार में रहना पड़ेगा ठीक है देखिए ऐसा माना जाता है कि आ, अमर सिंह जो है इनको ये जब संधि होती है ग्लानी होती है इनको तो अपने जब संधि के बाद में एक आहड़ नाम की जगह है आहड़ आहड़ में ये चले जाते ठीक है आहड़ सभ्यता आपने पढ़ी होगी ठीक है आहड़ उदयपुर के आस ही है ठीक है वहां चले जाते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है आहड़ में आहड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है अमर सिंह की आहड़ में यहां पर इनकी छत्रियां बनी हुई जिसे बोला जाता है महासतिया इसे क्या बोला जाता है महासतिया ऐसा माना जाता है कि अमर सिंह की जब मृत्यु हो गई थी तो बहुत सारी जो इनकी रानियां थी उन्होंने यहां पर मतलब यहां पर सती हुई थी एक साथ तो इसलिए इस स्थल को महासतिया कहा जाता है देखो मैंने आपको बताया था बागोर में बागोर को कहा जाता है महासतियों का टीला और आहड़ को क्या कहा जाता है महासतिया ठीक है ध्यान रखिएगा ये भूलिएगा नहीं आप ठीक है महासतिया क्या है आहड़ को कहा जाता है आहड़ को कहा जाता है जहां पर जो जितने भी मेवाड़ के राणा है उनकी छतरियां बनी हुई है और ऐसा माना जाता है यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आहड़ में किन की छतरी बनी हुई है तो ये आएगा अमर सिंह अमर सिंह महाराणाओं की मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है छत्रियां है इसके बाद में जितनी महाराणा है उनकी छत्रियां हैं वहां पर ठीक है सबसे पहली जो छत्री है वो है अमर सिंह फर्स्ट की ठीक है तो ध्यान रखना है महासत्य किसे कहा जाता है आहड़ को कहा जाता है ठीक है जब संधि करने पर जो अमर सिंह इनको गलानी हुई थी तो वो कहा चले गए थे आहड़ चले गए थे ठीक है एक और आता है इनका उमराव और सरदार ये दो प्रकार के इन्होंने जो इनके सामंतों को दो भागों में इन्होंने बांटा था ठीक है आपसे पूछ सकते हैं कि इनके जो प्रशासन में इन्होंने किस प्रकार से क्योंकि हमारे एग्जाम में हमने देखा है कि पॉलिटिकल जो है इश्यूज वो भी पूछे जा रहे हैं ठीक है और कल्चरल तो वे है ही इसमें ठीक है तो उमराव और जो सरदार नाम से दो मतलब जो इनके जो सामंतों का विभाजन किया था अमर सिंह के द्वारा किया था तो पूछ सकते हैं एग्जाम में उमराव क्या है सामंतों का एक विभाजन किया गया था आहर, जो है अमर सिंह के द्वारा किया गया था ठीक है उमराव और सरदार नाम से ठीक है क्लियर तो इनके बाद जो है दूसरे जो शासक बनते हैं तो हमें ध्यान रखना है अमर सिंह के विषय में भी हमें ये सारी बातें पढ़नी हैं ठीक है अब आगे इनके बाद जो बनते हैं वो है शासक कर्ण सिंह इनके पुत्र हैं कर्ण सिंह ठीक है हम मेवाड़ के आधे भाग तक तो पहुँच चुके हैं नेक्स्ट जो शासक हैं अमर सिंह के मरने के बाद में कर्ण सिंह महाराणा कर्ण सिंह 1620 से अट्ठाईस देखिए आपको ये जरूरत नहीं है इनके सन याद रखने की आपको तो बस ध्यान रखना है कि अमर सिंह के बाद में कौन शासक बना था तो ध्यान रखिएगा महाराणा कर्ण सिंह शासक बनते हैं ठीक है कर्ण सिंह जो है इनके समय में मैंने अभी आपको नाम बताया खुर्रम जो है खुर्रम को शाहजा के नाम से जाना जाता है खुर्रम जो है शाहजहा के नाम से जाना जाता है ठीक है और खुर्रम ने क्या किया था जहांगीर का विरोध किया था ठीक है मतलब जहांगीर के समय में विद्रोह कर दिया था और ही खुर्रम भागकर कर कर्ण सिंह के पास आए थे पिछोला में एक जगह है पिछोला झील के पास जो जग मंदिर है जग मंदिर में ये है जो है खुर्रम यहाँ पर ठहरे थे ऐसा माना जाता है कि जो जग मंदिर है इनके निर्माण की योजना कौन सिंह के द्वारा बनाई बनाई गई थी लेकिन इसको पूरा किसने किया था इनके पुत्र जगत सिंह फर्स्ट ने किया था जो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है इनके द्वारा यहीं पर दिल खुश महल ठीक है का निर्माण करवाया गया तो इनके विषय में इतना नहीं आता बस आपको ध्यान रखना है कि खुर्रन जो है जो यहाँ पर आता है और कर्ण सिंह इनको यहाँ पे सहायता देते हैं इनके बाद में जो आता है वो नेक्स्ट जो राजा है वो है जगत सिंह महाराणा जगत सिंह अब मेरे को इतना नहीं पढ़ना है हमें जगत सिंह फर्स्ट तो इन्होंने जग मंदिर जग महल ठीक है इन इनका निर्माण करवाया था इन्होंने एक जगन्नाथ प्रशस्ति भी लिखी थी कृष्ण दास के द्वारा ठीक है कृष्ण दास के द्वारा जगन्नाथ जो हमारा नेक्स्ट राजा है वो है महाराणा जगत सिंह जगत सिंह फर्स्ट देखो इनके विषय में आएगा कि इन्होंने एक जगन्नाथ इंपॉर्टेंट है ये जगन्नाथ मंदिर बनवाया था और वहां पर ही एक जगन्नाथ जो प्रशस्ति है इसी मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति इन्हीं के समय लिखी गई थी कृष्ण भट्ट किसके द्वारा लिखी गई थी कृष्ण भट्ट देखिए जो तो जगन्नाथ प्रशस्ति है यह काफी महत्वपूर्ण है और जगन्नाथ मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था ठीक है इनके अलावा इन्होंने पिछोला झील के पास में मोहन मंदिर मोहन मंदिर इनकी एक धाइमा थी ठीक है? नोजुबाई के द्वारा धाय का मंदिर भी बनाएगा, धाय का मंदिर किनके द्वारा था? नोजुबाई के द्वारा बनाया गया था? था ये कौन थी राणा की धाए जगत सिंह की धायमा तो ध्यान रखिएगा कि जो एक नोजुबाई के द्वारा धाय का मंदिर पूछ लिया जाता है इस प्रकार के क्योंकि हमारा कल्चरल जो है आपके एग्जाम में है तो ध्यान रखिएगा कि धाय का मंदिर नोजूबाएँ द्वारा बनाया गया था जो जगत सिंह की धाए माँ थी ठीक है जगत सिंह की धाए माथी और ये ध्यान रखिएगा जगतनाथ मंदिर है जो जगत है। उसमें एक जगन्नाथ प्रशस्ती भी रखी जो मिली मिली है हमें और वा, किस किसके द्वारा लिखी गई थी कृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी जगन्नाथ प्रशस्ती ये बहुत बार पूछा गया है और इनके अलावा इन्होंने जगत महल ठीक है इन सबकी स्थापना निर्माण करवाया गया था ठीक है और उदय उदेश, उदय सागर उदय सागर झील के पास भी अनेक महल बनवाए ठीक है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो है राज सिंह महाराणा राज सिंह देखिये अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह फिर जगत सिंह फर्स्ट फिर है राजा राज सिंह देखिये राज सिंह जो हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है जितने इनके आसपास के जो क्षेत्र है जैसे डूंगरपुर है बांसवाड़ा है मेवाड़ के जो नियर बाय हैं जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाता है विजित किया जाता है ठीक है और जो इनके समय में जो दिल्ली में है वो है शाहजहाँ शाहजहाँ द्वारा भी जब जो राज सिंह है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो ये प्रदेश है बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जीत लेते हैं को विजित करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनके समय में शाहजहा है दिल्ली की गड्ढी पर बैठे हैं ठीक है किसके पुत्र हैं? जहांगीर के पुत्र ठीक है मैंने आपको बताया था खुर्रम जो है जगमंदिर में ठहरे थे कर्ण सिंह के समय में ठीक है और जो नेक्स्ट जो है बादशाह बनता है शाहजा बनता है सलीम के बाद उनकी मृत्यु के बाद में अब यहाँ पर देखिए राज सिंह के समय में एक घटना होती है मैंने आपको बताया कि ये जो आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं राज सिंह और जो शाहजहा है वो भी उनको उनकी अधीनता है मतलब जो इन्होंने ये क्षेत्र विजित किए हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक हाँ, है अब यहां पर एक चारुमती नाम से चारुमती विवाह समस्या आती है ठीक है इनके समय में जब आ, शाहजा शाहजहा मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब तो ध्यान रखिएगा राज सिंह के समय में दो थे दो मुगल बादशाह आएंगे शाहजा जो थे जब बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर ये अधिकार अधिकार करते हैं राज सिंह तो जो उसके जो अधीनता ये करते हैं मतलब तो उनको मान लेते हैं अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है ठीक है अब यहाँ पर जब औरंगजेब जब शासक बनता है तो राज सिंह जो है एक आ, समस्या आती है चारूमती विवाह समस्या ये चारुमती विवाह समस्या क्या है देखिए किशनगढ़ की एक राजकुमारी है चारूमती ठीक है किशनगढ़ के राजा के द्वारा दबाव में आकर अपनी पुत्री चारुमती अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय कर दिया जाता है किशनगढ़ के राजा की पुत्री है ध्यान से देखिए किशनगढ़ के राजा की पुत्री कौन है चारुमती तय हो जाता है मतलब मतलब सगाई दबाव हो जाता है इस तरीके से कि हम औरंगजेब से विवाह कर देंगे लेकिन जो चारुमती है वो राज सिंह को पत्र लिखती है क्योंकि वो चारुमती जो है विवाह नहीं करना चाहती है ठीक है इस विभाग से यह सहमत नहीं है अब इस पत्र को पढ़कर औरंगजेब के विरोध की चिंता करते हुए चिंता अब क्या होता है कि औरंगजेब के विरोध की चिंता ना करते हुए राज सिंह जो है वो किशनगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं मतलब किशनगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर मती को चार से लेकर आ जाते हैं विवाह के लिए। ठीक है? है? इससे क्या होता औरंगजेब जो है उसका अपमान होता है क्योंकि इनका विवाह औरंगजेब का विवाह तो चारूमती से तय हो गया था ठीक है एक तरह से मतलब मान लिया था किशनगढ़ के राजा ने लेकिन चारोमती जब पत्र लिखती है राज सिंह को तो क्या होता है राज सिंह किशनगढ़ जाते हैं और चारुमती को वहां से लेके आ जाते हैं इस प्रकार औरंगजेब का जो मनमुटाव हो जाता है राज सिंह से ठीक है यहीं पर एक और घटना होती है हांडी रानी का बलिदान ध्यान रखेगा क्या है चारुमती विवाह प्रश्न क्या है ध्यान रखेगा पूछ लिया जाता है चारूमति विवाह क्या है समस्या यहां पर एक जब औरंगजेब का यहाँ इसमें अपमान हो गया ठीक है राज सिंह जो चारोमती को लेके लौट आते हैं वहां से किशनगढ़ से आ जाते हैं मेवाड़ आ जाते हैं तो औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर क्या कर दिया जाता है आक्रमण कर दिया जाता है क्रोध के कारण क्या होता है औरंगजेब मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है ठीक है अब इस आक्रमण को रोकने की जो जिम्मेदारी है बर के सलूम्बर के रावत रतन सिंह को दी जाती है किसको दी जाती है सलूम्बर के रावत रतन सिंह को दी जाती है रतन सिंह जब ये आक्रमण को रोकने के लिए जा रहा होता है तो उस समय ये नव इनकी जो एक पत्नी है सहल कवर हांडी रानी हांडी रानी सहल कवर कुछ दिनों पहले इनका विवाह हुई ये नव विवाहित पत्नी है इनकी नव विवाहिता ठीक है ये सलूम्बर के रावत रतन सिंह की पत्नी है ये हांडी रानी सहल कवर ठीक है तो जब मेवाड़ पर जो औरंगजेब के आक्रमण को रोकने के लिए सलूमर का रावत रतन सिंह आगे बढ़ता है तो उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी की याद आ जाती है तो वो अपने जो सैनिक हैं उनको बोलते हैं जाओ मेरी रानी से कुछ निशानी लेके आओ कि जिससे मुझे उसकी याद ना आए युद्ध क्षेत्र में जाते हुए युद्ध करते हुए मुझे उसकी याद ना आए सहल कावर जो है सहल कवर जो है इस बात से चिंतित होती है कि अगर जो रतन सिंह को मेरी याद आएगी तो वो युद्ध लड़ नहीं पाएंगे अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करती है जो सैनिक जो जाते हैं इससे निशानी लेने के लिए वो अपना सर काट के एक निशानी के तौर पर दे देती है तो एक तरह से इनका महान बलिदान मतलब एक तरह से न केवल यहाँ पर देखिए जो है शासक वर्ग है जो जो लोग हैं हैं हैं हैं हैं या या महाराणा वो वो बलिदान देते सेनापति रानियां भी मतलब एक तरह से न्यो अपने प्राण करने के लिए देश के लिए लिए तैयार देश ठीक है तो मतलब कर्तव्य का पालन नहीं करेगा इनका जो पति है तो इसलिए अपना सर काट के वो सैनिक को दे देती है निशानी के तौर पर जैसे ही रतन सिंह जो अपनी नवविवाहिता पत्नी का जो सर देखते हैं कटा हुआ सर देखते हैं तो वो एक तरफ से मतलब उनमें एक को, मतलब उनके हाथ कप पाते हैं उनकी भुजाएं दुर्बल हो जाती हैं लेकिन फिर भी वो रानी के बलिदान को गवाया नहीं जाने दे, देना चाहते और वो क्या करते हैं इस युद्ध में जो औरंगजेब के साथ हो रहा है वो उसमें विजय होते हैं और वीर को प्राप्त ठीक है, विजय होते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि जब मेवाड़ पर आक्रमण होता है तो जिम्मेदारी रावत सिंह को सौंपी जाती है एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर जब चारूमती और राज सिंह का विवाह हो रहा था उस विवाह को रोकने के लिए औरंगजेब आता है यहाँ पर ठीक है अब विवाह हो रहा है और मेवाड़ पर आक्रमण भी हो रहा है तो यह जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंप दी जाती है और ये जो घटना हो जाती है तो ध्यान रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है हांडी रानी का नाम पूछा जा, जा सकता है कि ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अगर उसके जो पति ने जो सलूम्बर के रत्न सिंह ने जो हैं उन्होंने एक निशानी मांगी मांगी थी तो उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था तो कौन सी रानी थी हांडी रानी सहल कवर थी तो ध्यान रखेगा ये बात तो ये किस किन के समय में होती है राज सिंह के समय में होती है देखिए राज सिंह के समय में एक और घटना होती है एक बहुत सारी मतलब आ, मतलब इनके समय में बहुत घटनाएं होती है क्योंकि औरंगजेब जो है देखिए औरंगजेब जो है बहुत कट्टर मुसलमान होता है और क्या करता है इस समय हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ने की कोशिश भी की जाती है और यहां पर एक गोसाई ब्राह्मण होते हैं कौन गोसाई ब्राह्मण गोसाई ब्राह्मण जो है राज सिंह के दरबार में आते हैं और वो उस इनके यहाँ शरण लेते हैं तो राज सिंह इन गोसाई ब्राह्मणों को शरण देता है और काकरोली में काकरोली जगह है वहां पर द्वारिकाधीश देश द्वारिका की मूर्ति लगाकर स्थापना की जाती है इसी प्रकार नाथ द्वारा में भी श्रीनाथ जी की मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाकर जो गोसाई ब्राह्मण है जो औरंगजेब के डर से राजसिंह की शरण में जाते हैं तो वो जो राजसिंह हैं इन ब्राह्मणों को गोसाई ब्राह्मण पूछा जाता है कौन सी गोत्र के थे तो गोसाई ब्राह्मण आते हैं राजसिंह के दरबार में ठीक है और वो नाद में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और काकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति को स्थापित किया जाता है ध्यान रखेगा इन घटनाओं को औरंगजेब के द्वारा एक कर होता है जजिया जजिया कर लगाया जाता है औरंगजेब के द्वारा ठीक है जिसका विरोध राज सिंह के द्वारा किया जाता है देखिए जजिया कर क्या है ये सिर्फ हिंदू, हिंदू जो देखिए जजिया कर क्या होता है जजिया कर वो है ये जो सिर्फ हिंदू जो जनता है उन पर लगाया जाता था हिंदू जनता पर ही यह कर लगाया जाता है ठीक है जिसका विरोध इनके द्वारा किया जाता है राज सिंह के द्वारा किया जाता है okay. इसी कारण औरंगजेब का जो काफी विरोध भी होता है और राज सिंह इनको पत्र भी लिखते हैं औरंगजेब को कि आप इस कर को हटाइए लेकिन औरंगजेब ये नहीं मानता है देखो सोलह में यह कर लगाया जाता है पूछा भी जाता है अगर एग्जाम में यह डेट आप ध्यान रखिएगा तो इस कर का विरोध भी किया जाता है ठीक है देखिए राजसिंह जो है इनके समय में एक बहुत एक निर्माण कार्य होता है राजसमंद राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है इनके समय में तो ध्यान रखेगा इनके निर्माण कार्य हम पढ़ लेते हैं राजसिंह के निर्माण कार्य राजसमंद है राजसमन झील का निर्माण ठीक है राजसमन झील का निर्माण कर, कराया जाता है गोमती नदी गोमती नदी के जो जल बहाव को रोककर राजसमन झील का निर्माण करवाया जाता है राज सिंह के द्वारा ठीक है यहां पर एक राज प्रशस्ति लगी हुई है राज प्रशस्ति इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति लगी हुई है जिससे रण छोड़ भट्ट ने लिखा था रण छोड़ भट्ट ने लिखा था ठीक है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या शिलालेख है देखिए प्रशस्ति किस पर लिखा जाती लिखी जाती है शिला पे ही लिखी जाती है तो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख आ जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति आ जाए तो ये कौन सी आ जाएगी मतलब ये शिलालेख ही आता है मोस्टली तो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो शिलालेख है ये देखिए अब हम पढ़ लेते हैं राज सिंह के राजसिंह के निर्माण कार्य इन्होंने राजसमंद झील राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी गोमती नदी के जल बहाव को रोककर ठीक है राजसमंद झील का निर्माण करवाया यहीं पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जिस पर राज प्रशस्ति है शिलालेख पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है ठीक है जिसकी जिसको लिखा था रणछोड़ भट्ट ने तो ये ध्यान रखिएगा रण छोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी और ये जो शिलालेख है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है जो ये प्रशस्ति है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है इसे नौचौकी के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखिएगा नौचौकी के नाम से किसका जाना जाता है राजसमंद झील पे जो शिलालेख है जो राज प्रशस्ति है हाँ, ठीक है वो किसने लिखी थी राज प्रशस्ती रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी पर गोमती नदी जो है उसके बहाव को रोककर बनाया गया था और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है ठीक है और इसे नौ चौकी भी कहा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है राज सिंह के विषय में जो ये निर्माण कर रहे हैं इनके समय में बहुत सारे जो है लेखकों ने इनके बारे में राज जो है विलास करके एक बुक भी लिखी थी राज विलास। राज विलास विलास ठीक है है जो वो कवि बाण द्वारा लिखी गई है ठीक है इसी प्रकार से राज राजरत्नाकर जो है एक ग्रंथ भी लिखा गया है ठीक है तो इस प्रकार ध्यान रखेगा इनके समय में एक और घटना होती है मेवाड़ और मेवाड़ सिसोदिया मतलब मेवाड़ और सिसोदिया जो है सॉरी मेवाड़ सिसोदिया नहीं सिसोदिया और मारवाड़ यहाँ पर ये क्या है कि जब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह हमको आगे पढ़ेंगे जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह को मतलब उनका दावेदार स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसके बाद में जो अजीत सिंह है वो आते हैं राज सिंह के पास में तो अजीत सिंह को राज सिंह क्या करते हैं शरण देते हैं ठीक है तो एक सिसोदिया मारवाड़ जो एक जो एक मतलब इनके मध्य में एक मुगल से संघर्ष होता है सिसोदिया मारवाड़ और मुगल संघर्ष के नाम से आता है ठीक है तो मतलब जो अजीत सिंह का जो शरण देने के बाद में जो राज सिंह है औरंगजेब का क्या करते हैं विरोध करते हैं तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही आगे और पढ़ेंगे ठीक है और मिलते हैं नई वीडियो में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैं, थैंक यू